सिंगरौली में अखिल भारतीय दंगल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला हुआ प्रतियोगिता में पहलवानों के बीच दूसरे व आखिरी दिन 26 मुकाबले हुए कुश्ती शुरू होते ही हजारों की संख्या में भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से पहलवानों की हौसला अफजाई की इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर अरुण कुमार परमार मौजूद रहे और प्रतियोगिता में संरक्षण गिरीश निवेदी दंगल के आयोजक सुरेश शर्मा उपस्थित रहे सिंगरौली के राजमाता चुन कुमारी स्टेडियम में अखिल भारतीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ फाइनल मुकाबला हनुमानगढ़ी अयोध्या के बजरंगी दास व हरियाणा के लखा पहलवान के बीच हुआ जिसमे अयोध्या के पहलवान को पटखनी देकर हरियाणा के अमित लखा पहलवान दंगल के विजेता बने वही महिला पहलवानों के बीच हुए फाइनल मुकाबले में बिहार की रोशनी को हरा कर बीजपुर की शिवांगी पहलवान विजेता बनी पहलवानों की कुश्ती देखने स्टेडियम में जिले के साथ ही पड़ोसी राज्य के हजारों की संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे इस दौरान कई पहलवानों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ जिसे देख सभी दर्शक झूम उठे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं